मेरे एस बी रीवा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जितने भी ग्रुप रेलवे के पेपर्स होते हैं उनके जी के लिए करा जाता है तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए भी उनको चालू कर दें जिसमें वीडियो सबसे पहले आपको मिले चलो स्टार करें पहला जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया है, है विच नेशन विल होस्ट ब्रेक गेम्स इन दो हज़ार इक्कीस दो हज़ार इक्कीस में डिवस किन्ट जो है इंडिया दूसरा है रसिया तीसरा चाय इसका सही आंसर है इंडिया इंडिया तो यार इसमें देखियो की मौजानी के बाद तो कुछ है तितली का नेत्र कहाँ कौन से राष्ट्र से है छत्तीसगढ़ से है के से इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ से है पीछे ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है एम ओर जो पक्षी उड़ता है तीनों ऑप्शन में, में पहल जो है अमिंग बर्ड्स जैन पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है तो क्वेश्चन है करो या मरो का नारा विने चंद बोस ने महात्मा गांधी ने सरदार संसद महात्मा गांधी जी ने या मरो का नारा दिया था ऐसा जो क्वेश्चन है वो पक्षियों के दान को क्या कहा जाता है पस्टोलॉजी माओलॉजी या अन्य पक्षियों के अनर्थोलॉजी कहा जाती है माया मैसेल्स के लिए कहा जाता है पस्टलॉजी अस्थिधान के कहा जाता है आठवा क्वेश्चन है वर्ष 2018 तो हजार अठारह के अनुसार सऊदी अरब तेल नियातक देशों में पहले पर है और दूसरे पर देश? इसका सही आंसर है रूस है दूसरे नंबर पे तेल नियक में आता है वो रूस है सातवा क्वेश्चन है हॉर्नवीर महोत्सव की प्रसिद्ध महोत्सव है हॉन जी महोत्सव होता है हमारे प्र, प्रदेश के नागालैंड प्रदेश में होता है इसका सही आंसर नागालैंड अठवा क्वेश्चन है बंगाल विभवन का मुख्य कार्य होता है सामाजिक प्रशासनिक प्रशासनिक असुविधा असुविधा इसका क्रिकेटर ने दो हजार दो हजार इक्कीस में अलमेक जारी किया गया, गया। दसवा क्वेश्चन सरकार ने सी आई आर्ट से जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाया मतलब होता तो है ऐसे वीडियो को कुछ जितने भी रेलवे एक्साम्स होते हैं जैसे अरादबी रूटी रेलवे एन इन सबके बारे में लोग को पालाट इन सबके जीके जो है यहाँ पर कहा जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइ कमेंट करें सब्सक्राइब कर दें जिससे मेरे वीडियो को। चलो अगले वीडियो में